हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने बहुत लोगों की वीडियो देखी है पबजी लाइट पबजी मोबाइल लाइट को डाउनलोड करने के लिए लेकिन जिसकी भी वीडियो देखो सब गलत ही बताते हैं कोई टिप टैप टैप से कुछ कुछ तो उससे पबजी लाइट डाउनलोड तो होता है चलता नहीं है इंस्टॉल नहीं होता है पबजी लाइट आता ही नहीं है फ़ोन में आता ही नहीं है इनकरेक्ट दिखाता है ऐसे ही कुछ हमारा मेरे साथ भी वो मैंने बहुत वीडियो देखी हैं यूट्यूब पे लेकिन फाइनली मे मेरे, मेरे को पबजी लाइट मिल गया है तो मैं चाहता हूँ आप सभी को मिले ऐसा पबजी लाइट तो आपको क्या करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें देखो सिंपली मैं तो क्रोम से करता हूँ तो मेरे को क्रोम पर जाना है सीधा क्रोम खोलो अपना क्रोम खोलोगे आप सर्च पर जाइए अपने ज़्यादा पबजी लिखी है लाइट क्लिक कीजिए आपका पबजी लाइट पैनल खुल जाएगा यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा डाउनलोड पबजी लाइट मोबाइल जीरो पॉइंट टू पुण टू पॉइंट टू फोर एंड्रॉइड फ्री अप टू डाउन इस पे जाइए देखो जैसे कि पैनल खुल चुका है हमारा सात सौ तेरह पॉइंट बासठ एम का हैगा फ्री डाउनलोड है आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे हम दिखाते हैं यहाँ पे पबजी लाइट फ्री फायर पबजी बैटल पबजी मोबाइल चाइना का पबजी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो अप टू तो डाउन में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपको सिंपली जाना है उसको डाउनलोड पे क्लिक करना है और धीरे धीरे डाउनलोड होएगा फिर हम आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको डाउनलोड किया हमने इसको भी डाउनलोड होने देते हैं तो जैसा कि ये हमारा डाउनलोड हो चुका है मैंने वीडियो काट दिया है वहाँ की डाउनलोड होते समय आप अपनी डाल लीजिएगा डाउनलोड करिए हमारा यहाँ पे आ चुका है डाउनलोड होकर आपको फिर इसको खोलने से पहले आपको सीधा प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर से आपको क्या डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है वेस्ट वी बहुत लोग ये बताते ही नहीं है कि किस से चालू होगा कैसे होगा बस ऐसी वीडियो डा, डाल देते हैं और सीधा कट करके बीच में चला देते हैं आपको ऐसा ऐसे लोगों पे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं बाकी ये हमने यहाँ इंस्टॉल कर रखा है हमारा अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो हम सीधा जाते हैं कट करते हैं और यहाँ पे वीपीएन खोलते हैं oh आपने अपना वीपिन खोला आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे देशों के अलग अलग देशों के इंडिया है होंगकॉन्ग है अमेरिका है जापान सिंगापुर स्विट्जरलैंड आपको यहाँ पे सीधा एक PUBG का ये दिखाई देगा इस पर क्लिक कीजिए और ये आपका कनेक्ट हो गया अब फिर सिंपली आप जाइए बैक और पबजी लाइट अपना खोल के देख लीजिए जैसा हम आपको दिखा रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं वीकेंड कनेक्ट करते ही हमारा पबजी चल जाता है यहाँ पे, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती बहुत चीज़ें यहाँ पर होती है कनेक्ट करने से पहले हमारा सर्वर डाउन दिखाता है हमें से ऑप्शन आता रहता है कि सर्वर डाउन है सर्वर डाउन है ऑन हो गया हमारा पबजी यूकिलियन लास्ट राउंड ओके देख लीजिए हमारा पबजी डाउनलोड हो चुका है हमारे पास रॉयल पास नहीं है बाकी ये तो है ऐसे ही खेलते हैं हम सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ सारे मैप हैं हमारे सारे मैप खुल चुके हैं नेट की स्प्लीट थोड़ी स्लो चल रही है इसलिए दिक्कत हो रही है बाकी आप कर लीजिए देख ले पाँच पीडीएम के मै मैप होंगे और दो ये मैप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को ताकि आप और आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो जा सके और आप अपने दोस्तों के साथ पब्जी लाइट मोबाइल खेल सकें धन्यवाद